आप सभी को मेरा अपनाम हर्बल रेमिडीज एंड नेचर्स टेजर में आपका स्वागत है साथ ही आज नीम की बात करेंगे मार्गोसा ट्री एज ए डिरेक्टर इंडिका मेलियसी का ये मेम्बर है आज हम इसके औषधीय गुणों की चर्चा के साथ साथ किस प्रकार से सावधानी पूर्वक हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो भी जानेंगे इसके विभिन्न प्लांट पार्ट इसके पत्र इसके फूल इसकी छाल इसकी मूल और इसकी निम्बोलीस इस प्रकार से औषधीय गुणों के लिए आप उसको उपयोग में ला सकते हैं आज हम इसकी चर्चा करेंगे और साथियों ये जो छाल आप देख रहे हैं इसकी छाल का डिकॉक्शन विभिन्न प्रकार के बुखार को सही करने के लिए दिया जाता है इसकी छाल पाँच ग्राम छाल बहुत होती है पाँच ग्राम छाल का काढ़ा बनाकर दिन में दो से तीन बार आप सेवन करेंगे तो ब्लड के प्यूरिफिकेशन करते हुए बुखार को ठीक करता है साथियों इस छाल के अंदर एंटी फंगल एक्टिविटी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी एंटी वायरल एक्टिविटी एंटी मलेरियल एक्टिविटी एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटी एंटी प्रोटोजोल एक्टिविटी होती है वाइड थ्रापेटिक एप्लीकेशन इस बाग का होता है मित्रों इसके जो फूल होते हैं वो वाइटिस कलर के हो जाते हैं और इनके फूल से हम गुलकंद तैयार करते हैं मिश्री मिलाकर जब गुलकंद तैयार किया जाता है तो वो बार बार होने वाले बुखार के लिए ब्लड को प्योरीफिकेशन के लिए और शरीर में होने वाली ट्यूमरस ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए इसके फूल का गुलकंद इस्तेमाल किया जाता है इसके पत्र का उपयोग हम वातावरण की शुद्धि के लिए सूखे हुए पत्र की फ्यूम्स बना लेते हैं धुआं जब सूखे हुए पत्र का इस्तेमाल करते हैं तो वातावरण में अगर कोई बैक्टीरियल फंगल या वायरल जो पैथोजें प्रजेंट होते हैं उनको वो मारता है औषधीय गुणों के लिए कुष्ठ रोगों के निराकरण के लिए आप इसकी छाल और उसमें बराबर मात्रा में हरड़ का चून लेकर सेवन कर सकते हैं मित्रों कुष्ठ रोगों के लिए तो ये रामबाण औषधि है ही इसके अलावा अगर बाल सफ़ेद हो गए हों तो इसकी निबोली से निकलने वाले तेल का हम एक से दो बूंद नाक में अगर डालते हैं तो ग्रे हेयर्स की समस्या दूर हो जाती है इसकी निबोली से निकलने वाला जो तेल होता है वो आमवात संधिवात हर प्रकार की इन्फ्लामेशन ज्वाइंट पेन इसमें मसाज किया जाता है गुणकारी होता है इन्फ्लामेशन को दूर करता है मित्रों ऐसी पौराणिक मान्यता है 21 दिन तक चैत्र में इसकी कोमल पत्ती का सेवन करने से अगर हम लगातार 21 दिन चैत्र में सेवन करते हैं तो सारा साल आप निरोगी रहते हैं और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है किसी भी प्रकार का पैथोजेनिक या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन आपको नहीं घेरता है और आप फिट और हेल्दी बने हुए रहते हैं साथियों अगर शरीर में खुजली की समस्या हो बालों में जू हों या फिर बालों में डेंड्रफ की समस्या हो तो इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर उससे स्नान करना चाहिए धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के कुष्ठ रोग भी दूर हो जाते हैं और आपके जो बाल हैं वो काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं और आपकी जो स्कैल्प के ऊपर डेंड्रफ की समस्या है वो भी दूर हो जाती है साथियों ब्लड प्योरिफिकेशन का कार्य करता है इम्यूनोमोडुलेटर का कार्य करता है विभिन्न प्रकार के फीवर्स को ठीक करने का कार्य करता है और मुख की दुर्गंध को दूर करने के लिए गम ब्लीडिंग को दूर करने के लिए एंटी पायरियल एक्टिविटी इस प्लांट की होती है इसकी छाल से या फिर इसकी पत्तियों का काढ़ा बना गारगल करते हैं या कुल्ला कर लेते हैं तो मुख की विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं स्किन की हेल्थ को ये मेनटेन करता है लीवर डिटोक्सीफिकेशन के माध्यम से शरीर के टॉक्स दूर करके अच्छी स्वास्थ्य को प्रदान करने का कार्य करता है इस प्रकार से आप इसको औषधि गुणों के लिए रूप में यूज़ कर सकते हैं इसका तेल विशेष गुणकारी होता है रूमेटिज्म इन्फ्लामेशन और फंगल डिसऑर्डर्स के लिए उसको अप्लाई किया जाता है इसका तेल को हम सोरियस की अगर समस्या हो तो वहाँ भी अप्लाई किया जाता है इचिंग बिल्कुल दूर हो जाती है और धीरे धीरे हीलिंग बड़ी फास्ट हो जाती है इसका आपने जाना कि आप इसका गुलकंद बना सकते हैं इसके पत्र का आप एक्सटर्नल अप्लाई कर सकते हैं ब्लड को प्यूरीफाई करने का कार्य करते हुए इसकी जो प्रकृति होती है वो शीतवीर प्रकृति होती है पेट की गर्मी को भी शांत करने का ये कार्य करता है कई बार गर्मियों में पेट में गर्मी हो जाती है ऐठन की समस्या हो जाती है तो उस सब के निराकरण के लिए आप ताजी पत्र एक से दो चबा सकते हैं तो पेट की गर्मी को भी शांत करता है मित्रों इसकी निबोली का उपयोग आप पाइल्स के रेमिडिएशन के लिए कर सकते हैं क्या कर सकते हैं आप निबोली का चूर्ण बना लीजिए और उसमें गुड़ मिलाकर सेवन कीजिए धीरे धीरे वात को कंट्रोल करते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम जब ठीक हो जाता है तो पाइल्स की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है साथियों वीपिंग एक्जिमा जिसके अंदर फफोले पड़ जाते हैं और उनके अंदर पानी भर जाता है इस तरह की अगर समस्या हो गई है तो इसकी छाल और हरड का पाउडर लेकर दोनों को मिलाकर चून बना कर, लगाना चाहिए और साथ ही इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए वीपिंग एक्जिमा की समस्या भी दूर हो जाती है पशुओं में थनेला रोग हो जाता है उस थनेला रोग को ठीक करने के लिए आप नीम ऑयल लेकर उसमें हल्दी मिलाकर अप्लाई करें धीरे धीरे आप देखेंगे कि थनेला रोग की जो समस्या है ठीक हो जाती है और जो थन बहुत स्वेल कर गया था मोटा हो गया था जिसमें रेडनेस आ गई थी जिसमें बहुत पेन हो रहा था वो आसानी से ठीक हो जाता है मित्रों लेकिन औषधीय गुणों के उपयोग के साथ साथ हमें इसकी सावधानी भी जरूर देखनी चाहिए ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से ये इनफर्टिलिटी कोज कर सकता है इंपोर्टेंसी की समस्या कोज कर सकता है पोलियोगो एस्थिनोस्पर्मिया डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर स्पर्म की काउंट का कम होना और स्पर्म की मोटिलिटी कम होना ये समस्या हो जाती है ज़्यादा मात्रा में या फिर लंबे समय तक इसका सेवन ना करें एक महीने से ज़्यादा अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ओ की समस्या हो जाती है ओलिगो एस्थिनोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया एस्थिनो ये दोनों प्रॉब्लम्स हो जाती हैं स्पर्म काउंट कम होना और स्पर्म की मोटिलिटी कम होना इससे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो कम मात्रा में इसका सेवन करें और लंबे समय तक इसका सेवन ना करें इस सावधानी के साथ आप इसका औषधीय गुणों के लिए उपयोग कीजिए अपने स्वास्थ्य का संरक्षण कीजिए जानकारी को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सभी का धन्यवाद कल मिलूँगा एक नए प्लांट के साथ आप सभी को धन्यवाद प्रणाम नमस्कार